is tu happy and dil saujau mein aa tu na da dil de sara dil vich mere hai ne sari teri gair